नमस्कार स्वागत अभिनंदन ज्योतिष के इस ऐतिहासिक चैनल पर दर्शकों आपके यदि जो है शरीर पर कहीं भी तिल है इससे रिलेटेड वीडियो ये भाग दो आप लोग देख रहे हैं पिछले भाग में हमने बताया था आपके जो है हथेलियों तक पर अब हम आगे बढ़ते हैं और हाथों तक का हमने आपको बताया था कि हाथ पर कहा तिल हो तो कैसे लक्षण होंगे ये भाग दो तो है अगर आपने वो भाग नहीं देखा है तो आप लोग जो है देखिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे चैनल पर भी आप लोग वो जा कर के देख सकते हैं वीडियो और आप लोगों को डिमांड पर आगे बढ़ते हैं तो यदि अंगूठे पर तिल है दर्शकों अंगूठा देख लीजिए अंगूठे पर यदि तिल है तो व्यक्ति जो रहेगा कार्य कुशल रहेगा व्यवहार कुशल रहेगा और सबसे बड़ी बात न्यायप्रिय रहेगा किसी के साथ अन्याय नहीं होने देगा वही यदि तर्जनी पर आपके तिल है तर्जनी उंगली आप जान रहे हैं ना इसको इंडेक्स फिंगर बोलते हैं तो जिसकी तर्जनी पर तिल हो वो विद्वान गुणवान और धनवान किंतु शत्रुओं से बहुत ज्यादा पीड़ित रहता है वहीं यदि आपके मध्यमा पर बीच वाली मिडिल फिंगर पर यदि आपके तिल है तो मध्यमा पर तिल जो रहता है ये बहुत ज्यादा उत्तम फलदाई देता है व्यक्ति धनी रहता है सुखी रहता है उसका जीवन शांतिपूर्वक जो है बीतता है और पैसों की उसको कभी कमी नहीं रहती है वहीं यदि अनामिका उंगली जी हाँ रिंग फिंगर पर यदि तिल है तो वो जो जातक रहेगा ज्ञानी रहेगा यशस्वी रहेगा किसी बड़े पद पर रहेगा धनी और पराक्रमी रहेगा पराक्रम से कभी वो पीछे नहीं हटेगा वहीं कनिष्ठका लिटिल फिंगर पर यदि आपके तिल है तो कनिष्ठिका पर यदि तिल है तो वो जो व्यक्ति रहता है वो संपत्तिवान रहता है लेकिन उसका जीवन जो रहता है दुखमय रहता है हथेली पर आ जाते हैं दर्शकों देखिए तमाम जिसकी हथेली में तिल जो रहता है यदि मुट्ठी में बंद होता है तो बहुत ज़्यादा भाग्यशाली रहता है लेकिन यह सिर्फ एक दर्शकों भ्रांति है हथेली में होने वाला हर तिल शुभ नहीं होता है कुछ जो तिल रहते हैं ये अशुभ फल देने वाले भी होते हैं कैसे होते हैं हम आपको बताते हैं तो यदि आपके हथेली सूर्य पर्वत की यदि हम बात कर लें ये जो पर्वत होता है आपका सूर्य पर्वत होता है रिंग फिंगर के नीचे का क्षेत्र होता है और यदि इस पर आपके जो है मतलब तिल है तो वो जो व्यक्ति रहता है समाज में कलंकित किसी चीज़ का उसके ऊपर कलंक रह जाता है किसी की गवाही की जमानत ये लेते हैं और इनको नुकसान जो है करता है कोर्ट कचहरी के मामलों में भी इनको सफलता नहीं देगा नौकरी में पद से हटाया जाना सस्पेंशन वगैरह लगा रहता है इनके जीवन में व्यापार में घाटा होता है मान सम्मान पर आघात पहुंचता है कुठाराघात पहुंचता है और नेत्र संबंधी कोई रोग भी इनको तंग करते हैं बुद्ध पर्वत की ओर चलते हैं यानी कि लिटिल फिंगर के जो नीचे का क्षेत्र है इसको बुद्ध पर्वत बोलते हैं तो बुद्ध पर्वत के नीचे यदि तिल है तो व्यक्ति को व्यापार में आकस्मिक हानि होती है शेयर मार्केट में भी डाउन हो जाते हैं ऐसा व्यक्ति हिसाब किताब व गणित में धोखा खाता है दिमागी रूप से ऐसे व्यक्ति कमजोर होते हैं इनको जल्दी ही कोई बहला फुतला सकता है लिटिल फिंगर के नीचे का क्षेत्र जो हथेली के अंतिम छोर पर आता है और मणिबद्ध के ऊपर का जो क्षेत्र होता ये है ये चंद्र क्षेत्र दर्शकों कहलाता है यदि इस क्षेत्र पर आपका जो है आपके हथेली में तिल है तो ऐसे जो जातक रहते हैं ऐसे व्यक्ति जो रहते हैं इनके विवाह में देखा जाता है कि अक्सर डिले होता है देरी होती है प्रेम में लगातार असफलता मिलती है माता का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है इनके पार्टनर इनको चीट करते रहते हैं तो ये चीज़ें देखिए दर्शकों हैं तिल के बारे में और गले पर तिल हमने आपको बताया था कि यदि गले पर तिल है तो जातक बहुत ज्यादा आराम तलब होता है गले पर यदि सामने की ओर तिल हो तो जातक के घर मित्रों का जमावड़ा लगा रहता है ऐसे जातक जो होते हैं मित्रों के बीच में बहुत ज्यादा फेमस रहते हैं और सच्चे मित्रता वाले होते हैं गले के पृष्ठ भाग पर तिल होने पर जातक कर्मठ होता है सुशील होता है बहुत ज्यादा विद्वान भी होता है और बोलता बहुत है यदि छाती पर तिल है जी हाँ छाती पर यदि तिल है और दाहिनी और तिल होना छाती पर काफ़ी शुभ माना जाता है और अगर आप पुरुष हैं या महिला हैं तो काफ़ी जो है ठीक रहता है ऐसी स्त्री जो रहती हैं पूर्ण रूप से अनुरागिणी होती हैं पुरुष भाग्यशाली होते हैं शिथिलताशायी रहती है छाती पर बाई और तिल रहने से भार्या पक्ष की ओर से असहयोग की भावना रहती है भार्य मतलब होता है पत्नी तो इनकी तरफ से आपको जो है सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा असंतोष मिलेगा छाती के यदि मध्य मध्य भाग पर आपके तिल है तो जीवन आपका सुखी रहेगा सुखी जीवन दर्शाता है यदि किसी स्त्री के हृदय पर तिल हो तो वो बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली रहती है कमर के तिल पर आ जाते हैं यदि कमर पर तिल है यदि किसी व्यक्ति की कमर पर तिल है तो उस व्यक्ति की जिंदगी जो रहती है वो सदा परेशानियों से घिरी रहती है वो अपने जो है मतलब बोझ उठाता है परिवार का और बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करने वाला होता है पीठ पर यदि तिल है तो पीठ पर यदि तिल होता है तो जातक भौतिकतावादी महत्वाकांक्षी एवं रोमांटिक रहता है वो जातक जो रहता है भ्रमणशील रहता है ऐसे लोग धनोपार्जन भी खूब करते हैं और खर्चा उससे ज़्यादा भी करते हैं खुलकर खर्च करते हैं वायु तत्व के होने के कारण दर्शकों ये धन संचय नहीं कर पाते हैं इनका पैसा आता है जाता है आता है जाता है अब आते हैं पेट पर तिल तो यदि आपके पेट पर तिल है तो जो वो व्यक्ति रहेगा अगर नाभि के पास है तो जान जाइए कि बहुत ज़्यादा जो है खाने वाला होगा हम लोगों की आम भाषा में कहते हैं कि व्यक्ति बहुत ज़्यादा चटोरा है ऐसा व्यक्ति भोजन का शौकीन होगा मिष्ठान का शौकीन होगा मिष्ठान प्रेमी होगा उसे दूसरे को को खिलाने की इच्छा कम रहेगी खुद के खाने की इच्छा ज़्यादा रहेगी घुटनों के पैर पर आते हैं घुटनों पर यदि आपके तिल है तो दाहिने घुटने पर तिल होने से गृहस्थ जीवन सुखमय और बाएं पर यदि है तो दाम्पत्य जीवन दुखमय बीतता है जीवन साथी के साथ अकारण ही बात विवाद होते हैं वहीं यदि पैरों पर आपके तिल है जी हां पैरों पर तिल है हमारे भी पैरों में है देखिए तो पैरों का जो तिल रहता है जीवन में कुछ भटकाव लेकर के आता है ऐसा व्यक्ति यात्राओं का बहुत ज़्यादा शौकीन होता है प्रकृति का बहुत ज़्यादा प्रेमी होता है यदि दाए पैर पर तिल हो तो यात्राएं उद्देश्य की रहती हमारे दाहिने ही पैर पर है और बाएं पैर पर यदि जो है तिल है तो निर उद्देश्य रहती है समुद्र विज्ञान के अनुसार जिनके पाँव में तिल का चिन्ह होता है उन्हें अपने जीवन में अधिक यात्राएं करनी पड़ती है दाएं पाँव की एड़ी अथवा अंगूठे पर तिल होना एक शुभ फल माना जाता है हमारे अंगूठे पर ही है और जो व्यक्ति रहता है विदेश यात्राएँ करता है लेकिन तिल यदि बाएँ पाँव में है तो ऐसे व्यक्ति बिना उद्देश्य के जहाँ तहाँ यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं अब आते हैं एक और तिल की ओर और, और वो जो तिल है यदि आपके सर पर है कोई तिल या लक्षण है तो ऐसे जो जातक होते हैं ये बहुत ज्यादा भाग्यशाली होते हैं कोई भी चीज़ बहुत आसानी से कैच करते हैं इनकी जो है मतलब जो कैचिंग पावर होती है बहुत ज़्यादा ठीक रहती है यदि व्यक्ति के दाहिने तरफ लक्षण या तिल है तो भाग्यशाली रहती है यदि महिलाओं के दाए या बाएं तरफ हैं तो वो ज़्यादा भाग्यशाली रहती है यदि पुरुष के बाएं तरफ ये हो गया तो समझ लीजिए कि जो है गड़बड़ है अच्छी चीज़ें नहीं हैं और महिलाओं के दाहिनी तरफ हो गया तो अच्छा नहीं है तो सौभाग्य का ये सूचक होते हैं ऐसे जातक जब पैदा होते हैं तो अपना भाग्य लेकर के पैदा होते हैं दूसरों के ऊपर ये लोग डिपेंड नहीं होते हैं तो दर्शकों कैसा लगा हमारा ये विश्लेषण आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए दो भाग में हमने ये वीडियो बनाया था पूर्व में भी हमने आपको बताया था और दोनों भाग के लिंक डिस्क्रिप्शन में आप हाँ लोग हमारे चैनल पर जा करके देख सकते हैं सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार आपके शरीर पर यदि कहीं भी तिल है तो इसके क्या लक्षण होंगे ऐसे ही मज़ेदार वीडियो को यदि आपको देखना हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बगल में बना बेल आइकन जरूर दबाइए दीजिए इजाज़त मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार